कांग्रेस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी भ्रष्टाचार बेरोजगारी और भर्ती घोटाला अविश्वास प्रस्ताव के मुख्य मुद्दे होंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी की जिम्मेदारी सौंपी है इस काम में पूर्व विधायक पारस सखलेचा उनका सहयोग कर रहे हैं विधायकों से भी भ्रष्टाचार संबंधी प्रमाणिक जानकारियाँ मांगी गयी है कांग्रेस विधायक दल ने वर्ष 2013 में शिवराज सरकार के खिलाफ आखिरी बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था लेकिन इस पर सदन में चर्चा नहीं हो पाई थी इसके पहले वर्ष 2011 में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिस पर चार दिन सदन में चर्चा हुई थी कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही थी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने तैयारी प्रारंभ कर ली थी इससे लेकर बैठक का दौर भी शुरू हो गया है इसमें कुछ सेवानिवृत्त आई एस अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं विधायकों से कहा गया है कि वे भ्रष्टाचार से जुड़े प्रामाणिक मुद्दे दें ताकि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव में शामिल किया जा सके पूर्व विधायक पारस सकलेचा भी इस काम में सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं सूत्रों का कहना है की प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मुद्दा बनाया जाएगा अभी तक सरकार के ऊपर तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण हो चुका है पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 30 लाख से अधिक है पेट्रोल डीजल रसोई गैस की मूल्य वृद्धि में हर व्यक्ति परेशान है कारम बांध में जिस तरह अधिकारियों की ठेकेदारों से मिली भगत की बात सामने आई है उसे मुद्दा बनाया जाएगा नर्सिंग कॉलेज पुलिस भर्ती घोटाला ओबीसी आरक्षण सहित अन्य विषयों को लेकर भी पार्टी स्तर पर तैयारी की जा रही है